हेलो दोस्तों नमस्कार मैं रोहित सर एक बार फिर से पार्थ एजुकेशन परिवार में आप सभी का तह दिल से स्वागत करता हूं जैसा कि आपको पता है इस समय की सबसे बड़ी वाली खबर आ रही है कि यू टेट की परीक्षा पेपर की लीक हो जाने के कारण रद्द कर दी गई है जी हां दोस्तों कई न्यूज चैनल जैसे कि यूपी तक आज तक और भारत समाचार कई न्यूज चैनल पे आप देख रहे होंगे कि यूपी पी की परीक्षा रद्द हो गई है और एक महीने बाद फिर से जी हां एक महीने बाद फिर से यूपी पी की परीक्षा आयोजित की जाएगी और उस परीक्षा के लिए विद्यार्थियों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा जो पुनः परीक्षा आयोजित होगी तो अभी की सबसे बड़ी वाली खबर और ये खबर पार्थ एजुकेशन परिवार जो आप तक पहुँचा रहा है वो यूपी तक के जी जीटीवी के माध्यम से और भारत समाचार के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं द्वारा दे रहा है तो आप एक बार सूचना को खुद से वेरीफाई कर लीजिए और जहां तक है एसटीएफ इसकी जांच कर रही है और एक महीने बाद फिर से यूपी की परीक्षा आयोजित होगी धन्यवाद थैंक यू वेरी मच